मैं नमस्कार मित्रों आपका स्वागत है मेरे चैनल पीस ऑफ माइंड में मैं मनीष त्रिपाठी आपकी बहुत आपका स्वागत करता हूं ज्योतिष की श्रृंखला में दोस्तों आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की कुंडली के पहले भाव में देवगुरु बृहस्पति कैसा फल देते हैं पहला भाव यानी हमारा लग्न भाव दोस्तों जब हम कुंडली की बात करते हैं तो अगर हम कुंडली को एक राजमहल माने तो राजमहल की जो राजगद्दी है जो राज सिंहासन है वो हमारा पहला भाव है जो लग्न भाव है कुंडली का पहला भाव लग्न भाव जो होता है कुंडली का वो सूचक है जातक के की बुद्धि का जातक के रूप का जातक की आकृति का जातक के स्वभाव का जातक की विनम्रता का इन सब चीज़ों का भाव जो है वो पहला पहला जो है भाव है लग्न भाव जिसको हम कहते हैं लग्न भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठ जाएँ देवगुरु बृहस्पति जो हैं देवों के गुरु हैं कुंडली में उनको सबसे शुभ ग्रह की संख्या दी गई है कुंडली में अगर सबसे शुभ ग्रह कोई है तो वो देवगुरु बृहस्पति ही कोई माना गया है कि सबसे ज़्यादा अगर शुभता कोई ग्रह देता है तो, देव है। तो वो देवगुरु बृहस्पति ही देते हैं और अगर आपकी कुंडली में राज सिंहासन पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है तो ऐसे जातक जो होते हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं ज्ञानी होते हैं विनम्र होते हैं बहुत अच्छे लोग होते हैं ईमानदार होते हैं अच्छा रूपरंग होता है उनका रूपरंग से मतलब मतलब चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ रूप रंग आंतरिक रूप रंग उनका बहुत सुंदर होता है अंदर से बहुत अच्छे लोग होते हैं वो लोग ज्ञानी मिलेंगे आपको ऐसे लोग जो होते हैं बहुत अच्छे पदों पर सरकारी पदों पर मिल जाएंगे आपको क्योंकि तो ज्ञान का सूचक है बृहस्पति और पहला भाव आपका ज्ञान का स्वभाव का आपकी विनम्रता का ही है तो देवगुरु अगर आपके पहले भाव में विराजमान है तो समझिए कि व्यक्ति बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा स्वभाव है उसका अब हम बात करेंगे कि जैसे देवगुरु की अगर पहले भाव में बैठे हैं तो गुरुदेव की ना तीन दृष्टियाँ होती हैं पाँचवीं दृष्टि सातवीं दृष्टि और नौवीं दृष्टि अगर देवगुरु प्रथम भाव में बैठकर कर घर को देखते हैं तो पांचवा घर जो होता है विद्या का होता है संतान का होता है तो ऐसे जातक जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पहले भाव में बैठे हैं उनको संतान प्राप्ति का सुख मिलता है और जो है विद्या तो जब जातक में विद्या अगर ज्ञान होगा तो विद्यावान होगा ही पाँचवें घर में बैठ के उसको जो है बहुत विद्वान है, बनाते हैं पढ़ा लिखा बनाते हैं सातवा घर जो होता है जो उनकी दृष्टि पड़ती है सातवें घर पे तो सातवाँ घर हमारे जो है जीवन साथी का है हमारे जो है बिज़नेस पार्टनर का है तो ऐसे लोगों के जीवन साथी के साथ बहुत मधुर संबंध होते हैं और जो उनके बिज़नेस पार्टनर हैं उनके साथ भी अच्छे संबंध होते हैं नोवा घर जो है नोवी दृष्टि जो है देवगुरु बृहस्पति की अगर वो पहले भाव में बैठते हैं तो नौवें घर में ही पड़ती है तो नौवा घर जो है हमारा भाग्य का घर में तो ऐसे लोग जो है तो इनका भाग्य बहुत अच्छा होता है और जो है धर्म का है तीर्थ का है गुरु का है अध्यापक का है तो ऐसे लोगों की अपने गुरु के प्रति अगाढ़ श्रद्धा होती है धर्म के प्रति श्रद्धा होती है अध्यात्मिक लोग होते हैं बहुत धार्मिक पद्धति के लोग मिलेंगे आपको जिनके लग्न भावों में गुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं बहुत ही अध्यात्मिक किस्म के लोग धर्म में अगाढ़ आस्था मिलेगी आपको और अध्यात्म में आस्था मिलेगी ऐसे लोगों को देखा गया जो बड़े बड़े गुरु हुए हैं महात्मा हुए हैं संत हुए हैं उनकी लग्न में ही गुरु विराजमान होते हैं तो बुद्धि जो होती है उनकी एक संत की तरह बुद्धि हो जाती है आत्म जो उनकी जो हम कह सकते हैं कि जो लोग ध्यानी होते हैं ज्ञानी होते हैं ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके लग्न में ही बृहस्पति विराजमान होंगे अंतर मन उनका बहुत खुला होता है आपको मिलेंगे ध्यान करने वाले योग करने वाले लोग मिल जाएंगे जो जिनके लग्न कुंडली में पहले भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं ऐसे लोग जिन्होंने जैसे आपको मिल जाएंगे जो बहुत आ, आ, अंतर्मन से परमात्मा को ढूंढना चाहते हैं ऐसे लोगों को देवगुरु बृहस्पति ही उनको ऐसा मन देते हैं अगर लग्न भाव में बैठे हैं तो ऐसे लोग बहुत आध्यात्मिक मिलेंगे भाग्य भी अच्छा होगा उनका ज़्यादातर स्थितियों में देवगुरु बृहस्पति अच्छे ही फल देते हैं क्योंकि इनको बोला जाता है कि देवगुरु बृहस्पति बुरे फल देते नहीं हैं कितनी भी इनकी स्थिति खराब हो फिर भी व्यक्ति को विवेकी और ज्ञानी तो बनाएंगे ही बनाएंगे गंभीर भी बनाते हैं बुरे फलों के बारे में आप ये कह सकते हैं कि बुरे फल देवगुरु बृहस्पति देते नहीं है लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा किसी पाप ग्रह की दृष्टि में है और या किसी जो कहें कि दुश्मन शत्रु राशि में बैठे हुए हैं तो कभी कभी थोड़े बहुत ख़राब फल भी दे जाते हैं उसमें आप देखेंगे खराब फलों में खराब फलों में आप देखेंगे कि कई बार संतान प्राप्ति में देरी हो जाती है ज्ञान प्राप्त करने में देरी हो जाती है जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे लेकिन अगर हम देखें ज़्यादातर तो अच्छे ही फल देते हैं अगर कुछ बुरे फल दे भी रहे हैं तो आप देवगुरु बृहस्पति के जो है मंत्र का जाप कर सकते हैं ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः जो मंत्र जाप है उनका और विष्णु जी की आराधना कर सकते हैं क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की आराधना की जाती है भगवान नारायण की आराधना की जाती है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं जो लोग अगर पाठ कर सकते हैं तो अगर नहीं पाठ कर सकते क्योंकि सब लोग पाठ करने में दिक्कत होती है संस्कृत भाषा में और अगर सही से अगर पाठ ना किया जाए मंत्र मंत्रोच्चरण ना किया जाए तो कई बार मंत्र प्रतिकूल फल भी दे जाते हैं तो आप ऑडियो सुन सकते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का गाय की सेवा कर सकते हैं आप गाय को रोटी खिला सकते हैं और चीटियों को दाना दे सकते हैं पक्षियों को दाना दे सकते हैं जिससे देवगुरु के प्रतिकूल प्रभावों में जो है थोड़ा उससे फ़ायदा हुआ आपको इन सब चीज़ों को करने से और लेकिन वैसे ही देवगुरु अच्छे ही फल देते हैं ज़्यादातर लेकिन अगर फिर भी अगर आपको प्रतिकूल प्रभाव लग रहे हैं कोई लग रहा है कि आपकी कुंडली में प्रतिकूल ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है लग्न पर जहाँ देवगुरु बृहस्पति विराजमान है तो आप ये उपाय कर सकते हैं नहीं तो ज़्यादातर तो देवगुरु बृहस्पति अच्छे ही फल देते हैं जिनके लग्न में होते हैं उन देखा जाता है कि अच्छे अध्यापक अच्छे अधिकारी अच्छे मंत्री लोग आप देखेंगे जो होंगे उच्च पदस्थ जज लोग होंगे वो सारे जिनके लग्न भाव में बैठा होता है ज़्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे आपको और जो लोग जिन लोगों के प्रतिकूल भी बैठे हुए हैं शत्रुघ्रह का प्रभाव भी है फिर भी वो लोग उनकी स्थितियां ठीक नहीं होती है लेकिन उनका मन बहुत अच्छा होता है ईमानदार किस्म के लोग आपको मिलेंगे धार्मिक किस्म के अध्यात्मिक किस्म के लोग मिलेंगे आपको सबको साथ लेके चलने वाले लोग होंगे जय गुरु बृहस्पति जिनके लग्न में विद्वान होते हैं आप ऐसी अवस्था में देखेंगे दोस्तों आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हम मेरी वीडियो को शेयर करिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए ताकि आपके दोस्तों को मित्रों को मेरी वीडियोस का लाभ मिल सके और वो भी उनकी कुंडली में किस भाव में कौन से ग्रह और राशियाँ विद्वान हैं उसको जानकर उपायों को जानकर लाभान्वित हो चुके हो सकें हम यही कामना करते हैं अब हम आपकी ज्योतिष की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में तब तक के लिए धन्यवाद